उस पर उस पर आज, आगे क्या था साला? एक मासूम सी पत्नी थी अरे अभी तक वीडियो देख रहे हो चुटकुला तो पहली लाइन में खत्म हो गया था आज पुरानी गर्लफ्रेंड रास्ते में मुड़ मुड़ के देख रही थी कसम से ऐसे फीलिंग आई जैसे पुराने सिंह कार्ड में अभी भी थोड़ा सा बैलेंस बाकी है तो का हुआ। गुंडा का है तुझे गलत छापा है। गुंडा नहीं रंडवा रू मैं भाई भाई उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। तूने मेरे भाई को जान से मारने की धमकी दी है दी है। अच्छा तूने पक्का सोच लिया मेरे भाई को मारेगा हाँ पक्का मारूंगा। तो भाई साहब मारने के बाद में पे देना। <laughs> कबूतर है तू बाज ना बन तू भी तो काला का है फिर। काला <laughs> बैंगल <laughs> निकल पहली मुझे लगता है कि मैं आतंकवादी हूँ क्योंकि अमरीशपुरी ने कहा था आतंकवादी की प्रेम कहानी नहीं होती है <laughs> नमस्कार प्रणाम हमारे साथ एक बहुत मजबूत आदमी है। जानता रे भाई हम दिल्ली में दही बारा खनी पटना में ठीक पकड़ा भाई लंदन आ ना, ना तो खा लेते नमस्कार हम सभी माँ बाप ऐसी यही कहना चाहेंगे कि वो अपने बच्चों का इज्जत करें क्योंकि वो देश का पता है हमारे यूपी बिहार में लगभग सारे लड़के कृष्णा का नैया होते हैं लड़की सामने दिखी नहीं उसके बाद शुरू होता है हमारा प्रेम प्रसंग पता है कहाँ आम के, में, गे आम के में। लेकिन ये मिलना मिलाना प्रेम प्रसंग कुछ दिनों बाद थम सा जाता है। लड़की हमें फोन पे कहती है तुम तो अभी मिलने भी नहीं आते हमारा जवाब ये होता है यार कुछ दिनों बाद हमारा भोजपुरिया प्यार फिर से उमर के आता है सामने भाई हम अपने दोस्त को कहते हैं नंबर नंबर है का। अब जी घबराओ मत जला जला कर राख कर देंगे जो हमसे जलते हैं तुम रंग बदलते हो हम इतिहास बदलते हैं भाई, एक मस्त गाना सुना दे ठीक है चल सुन कोयल से तेरी बोली क्या कर रहा है ये कोयल की बोली कहीं किसी भी गली में जाऊं मैं तेरी खुशबू से टकराऊं मैं टकराऊ टकर हमारे खुशबू मिल रखा जो सला अपने माल से टकराइए गाइस ये मेरी गर्लफ्रेंड है नहीं दिख रही ना होगी तो दिखेगी ना एक पिम्पल जाता है तो दूसरा आता है दूसरा जाता है तो तीसरा आता है साला मुंह है क्या धर्मशाला गर्लफ्रेंड्स तो इंस्टाग्राम पे बहुत सारी है पर सब दूसरों की है ओके फोन कार्ड जब चार दोस्त खड़े हो गए ना तो ये वाला नाटक मत कर कि से बात कर रहा हूँ मुझे अच्छा नहीं लगता आज के बाद इससे बात मत करना बाद बाद, तो <laughs> मतलब यह बात नहीं करूँ घर बैठ के मेरे बेस्ट फ्रेंड तेरे लिए एक शायरी सुना सुना के मक्के की रोटी सरसों का सा तू मेरा बेटा मैं तेरा बाप आ जा मेरा छोरे है मेरा बेटा है तू तो। <laughs>